सड़क पर ऐसे बहुत से लोग घूम रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है और ऐसे बेवकूफ लोगों के चक्कर में अक्सर वो लोग भी हादसे का शिकार हो जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक बाइक वाला इंडिकेटर के बिना ही रोड क्रॉस कर रहा है लेकिन रोड क्रॉस करते वक्त इसे अचानक याद आया की इसे तो रोड क्रॉस करना ही नहीं था फिर इसने अचानक ही बाइक दूसरी तरफ मोड़ ली जिसका अंजाम ये हुआ की इसके पीछे से आ रहे कुछ बाइक वाले इस गजनी के चक्कर में बाइक से गिर गए लेकिन यहाँ इन सभी बाइक वालों की स्पीड स्लो थी इसलिए इस सार्वजनिक एक्सीडेंट में भी किसी को कोई चोट नहीं लगी तो जो गलती इस बाइक वाले ने की है वो गलती आप लोग कभी मत करना क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा पीछे ऐसी सिर्फ बाइक ही आ रही हो इस गजनी के पीछे तो बाइक थी लेकिन आपके पीछे कोई बड़ा सा ट्रक भी हो सकता है इसलिए इस वीडियो को देख सबक लो सुधर जाओ